आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचरल चेजर में आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रों एक सुंदर फूल और सुंदर फूल के साथ उतने ही महान औषधीय गुण वाले प्लांट की चर्चा करेंगे गुलबास के नाम से आप लोग जानते हैं मीरा बिलिस जलापा निक्टर जिनेसी फैमिली का ये प्लांट है सुंदर फूल आप इसके देख पा रहे होंगे पूरा प्लांट औषधीय गुणों के लिए उपयोग में हम लोग लाते हैं साथियों किस प्रकार से आप इसको उपयोग में ला सकते हैं आप इसके सुंदर फूल का इन्फ्यूज़न बनाकर सेवन कर सकते हैं और इस इन्फ्यूज़न से आप शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य कर सकते हैं ब्लड के प्यूरिफिकेशन का कार्य कर सकते हैं आप 10 ग्राम इसके फूल लेकर 100 मिलीलीटर पानी में डाल दीजिए पानी जो है आपका गर्म होना चाहिए तेज़ गर्म पानी लेना है और उसके अंदर दस ग्राम इसके फूल डाल दीजिए कंटेनर को ढक दीजिए ठंडा होने के बाद इसको छान लीजिए आपका इन्फ्यूज़न तैयार है अब आप इसको सेवन कर सकते हैं दस से पंद्रह एम आपको सेवन करना है और दिन में इसको पीने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे देर आपके शरीर के टॉक्सन्स दूर हो जाते हैं आप बहुत हल्का फील करते हैं और शरीर के जब टॉक्सिनस रिमूव हो जाते हैं तो आप एनर्जेटिक भी फील करते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है साथियों इसके पत्र आप जो देख रहे हैं ये पित्त का समन करने वाले होते हैं कई बार जब पित्त लंबे समय से बढ़ा हुआ होता है तो पित्त के कारण गले में सूजन हो जाती है जिसको गलगंड की समस्या कहते हैं और गलगंड की अगर समस्या हो गई हो तो इन पत्र की पुल्टिस बांध देनी चाहिए और पुल्टिस बांधने से आप देखेंगे कि गलगंड एक सप्ते के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है इसके काली मिट से थोड़े से बड़े काले कलर के गोल गोल बीज होते हैं और उन बीज का पेस्ट बनाकर जॉइंट पेन पर पे लगाते हैं इन्फ्लामेशन हो कहीं सूजन हो जॉइंट का पेन हो आर्थराइटिस की समस्या हो तो आप देखेंगे कि उनको दूर करने का कार्य करता है उनको ठीक करने का कार्य करता है इसके बीज बहुत अच्छा कार्य करते हुए हर प्रकार की इन्फ्लामेशन को हर प्रकार की इचिंग को दूर करने का कार्य करते हैं मित्रों इसके नीचे पाए जाने वाली जड़ विशेष उपयोगी होती है आप उस जड़ को निकाल लीजिए और उस जड़ का आप सुखा पाउडर बना लीजिए उसके अंदर बराबर मात्रा में आप बादाम, पिस्ता चिरौंजी डालकर पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को आप गाय के दूध के साथ सेवन करते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हुए मिनरल्स की कमी को पूरा करते हुए बल को बढ़ाने वाला वीर्य को बढ़ाने वाला ताकत को बढ़ाने वाला नेचुरल सप्लीमेंट का कार्य करता है और मोटापा भी नहीं आता है नेचुरल सप्लीमेंट इतना महान है कि लाइफ की लौगीविटी को बढ़ाने वाला भी होता है और बुढ़ापे को दूर रखने वाला होता है और उसी जड़ को अगर आप इसकी जड़ निकालते हैं और उसको पीस लेते हैं और उसको पीसने के बाद शरीर के किसी भी अंग पे आप लगाएंगे तो बालों को रिमूव कर देता है नेचुरली जब बाल रिमूव हो जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं आते हैं कई बार अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं उनको हम बार बार रिमूव करते हैं वो फिर से आ जाते हैं अगर ऐसी भी समस्या है तो उसको दूर करने का कार्य करता है परमानेंट बालों को आने नहीं देता है इसको जड़ को आप पीस लीजिए पीस कर जहाँ भी आप लगाएंगे वहां से बाल रिमूव हो जाएंगे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे और बार बार आने वाले जो बालों की समस्या है वो भी दूर हो जाती है इसके अंदर काफ़ी मात्रा में एफ्रोडेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसकी वाजीकरण के लिए उपयोग में किया जाता है इसकी जड़ को कि जड़ को सुखा कर, उसमें मिश्री मिलाकर दूध के साथ सेवन कीजिए वो भी वाजीकरण के लिए उपयोग में आता है पित्त का समन करने वाला होता है इसके सुंदर फूल का आप इन्फ्यूज़न का सेवन कीजिए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ इसकी होती हैं पेट के अंदर कीड़े हों उनको भी दूर करता है अल्सर को हील करने का कार्य करता है शरीर की प्रकृति को बैलेंस करने का कार्य करता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को दूर करने का कार्य करता है मित्रों लीवर और किडनी डिटॉक्सीफिकेशन का कार्य करता है निक्टाजिनेसी फैमिली का ये प्लांट है फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज़ को न्यूटलाइज करने का भी ये कार्य करता है सुंदर लीवस आप इसके देख रहे हैं अगर फूल ना हो, तो आप इसके लीव्स का भी डिकोक्शन बनाकर शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं मेटाबोलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने वाला होता है न्यूरोडिजेनेटिव डिसऑर्डर्स जिसमें कि मेमोरी लॉस की, की समस्या है उसको ठीक करता है न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट इसका होता है नेचुरल रेमीडिएटर है शरीर को बल देने का भी कार्य करता है गमलों में आसानी से हो जाता है इसके राइपनिंग अवस्था में जाने के बाद यहाँ काले कलर के काली मिर्च से थोड़ा बड़ा साइज़ का ब्लैक कलर का बीज आ जाता है आप उसको गमले में डाल दीजिए बीज से आसानी से हो जाता है आप इसको गृहवाटिका में लगा सकते हैं टेरिस गार्डनिंग कर सकते हैं घरों की सुंदरता को बढ़ाए रखने के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप इसको लगाइए इसके फूलों का उपयोग कीजिए इसके बीज का उपयोग कीजिए पत् का उपयोग कीजिए इसकी रूट का उपयोग कीजिए सभी प्रकार से जानकारी है जानकारी को साझा कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल सुबह साढ़े छः बजे फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ नए समाधान के साथ अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार